मैं ज़िंदगी समझता हूँ समझाता नहीं मैं ज़िंदगी समझता हूँ समझाता नहीं तारीफ करते हैं लोग मैं करवाता नहीं तारीफ करते हैं लोग मैं करवाता नहीं दुनिया कई नज़रों से देखती है मुझको दुनिया कई नज़रों से देखती है मुझको कुछ लोग फकीर समझते हैं पर मैं खुद को कुछ भी बतलाता नहीं कुछ लोग फ़कीर समझते हैं पर मैं खुद को कुछ भी बतलाता नहीं पर मैं खुद को कुछ भी बतलाता नहीं